सर कल रविवार है क्या कल रविवार है ओ इसका मतलब समझे दे यार नहीं सर आप ही बताइए इसका मतलब कल सुनवा नहीं है